ए भाई आज होली पर एक शायर हो जाए तो सुन ले बोल नीले पीले रंग मत करो हम तो कीचड़ या गोबर से होली मनाएंगे बाबा बाबा नीले पीले रंग मत करो हम तो कीचड़ या गोबर से होली मनाएंगे हम तो गवार है भाभी पटक के रंग लगाएंगे